नमस्ते डी के हेल्पिंग एवरीवन वन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बिहार भूमि सर्वेक्षण से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट जो निकल करी इसमें कहा गया है छब्बीस जिलों के पैंसठ मौजूद गाँव में भूमि सर्वेक्षण का कार्य दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और बिहार के अपर मुख्य सचिव जो हैं उन्होंने कहा है सुपौल के मॉडर्न रूम तथा डाटा सेंटर की शुरुआत पंद्रह जुलाई तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया तो सबसे पहला आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिलाईकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि संबंधित सूचना और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं स्पष्ट दिया गया है छब्बीस अंचलों के 65 मौजों में भूमि सर्वेक्षण का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा देख सकते हैं सर्वे में विलम्ब की भरपाई आई एजेंसी ही करेगी राज्य के शेखपुरा सुपौल बेगूसराय और मुंगेर जिलों के पैंसठ मौजों गाँव में भूमि सर्वेक्षण का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा रहस्य भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों ने कहा कि शेखपुरा के चौदह मोजा सुपौल जिला के चार बेगूसराय के छब्बीस और मुंगेर जिला के इक्कीस मोजा में सर्वेक्षण एडवांस स्टेज में है और इस साल तक काम पूरा हो जाएगा बुधवार को रहे भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में ये बातें सामने आई सुपौल बेगूसराय मुंगेर और शेखपुरा के छब्बीस अंचलों भूमि सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है स्पष्ट किया गया है सुपौल बेगूसराय मुंगेर और शेखपुरा के छब्बीस अंचलों भूमि सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है यानी अभी पूरे जिले में स्टार्ट नहीं किया गया स्पष्ट देर दिया गया यहाँ पे बैठक में अपर मुख्य सचिव ने सभी 20 जिलों के जिन मौजों में काम की रफ्तार संतोषजनक है वहाँ काम को और तेज करने का निर्देश दिया गया जमीन का रियल नक्शा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी में एक आईसीआईसी को कारण बताओ नोटिस दिया गया उससे कहा गया है कि कंपनी की लापरवाही की वजह से सर्वे का काम बाधित होता है उसमें विलम्ब हो है उसकी भरपाई कंपनी से ही की जाएगी बैठक में उन छः सॉरी बैठक में उन नौ जिलों में भू सर्वे का काम की समीक्षा की गई जहां निदेशालय से चार अधिकारी ने पटना से जाकर जांच की है उन्होंने उन्हें जिला जी, में किस्तवार और खानापुरी के अलावा यादाश्त पंजी के रखरखाव रखाव अंसावली के ग्राम सभा में अनुमोदन काम में कमजोर सर्वेक्षण कर्मियों की पहचान करने और अंचलों में शुरू होने वाले आधुनिक कवि को शुरू करने में हो रही दिक्कतों पर रिपोर्ट करना था ऐसी टीम भी आई थी देखने के लिए कि स्टेटस क्या है देख सकते हैं पंद्रह जुलाई से सुपौल में मॉडर्न रूम रिकॉर्ड रूम सो डाटा सेंटर की शुरुआत किया है देख सकते हैं अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पंद्रह जुलाई से सुपौल में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम सो डाटा सेंटर की शुरुआत करने का निर्देश दिया गया है वहीं एक सौ बीस अंचलों में पंद्रह अगस्त से इन डाटा सेंटरों की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। अब तक कुल एक अंचलों में सामानों की आपूर्ति हो चुकी है धन्यवाद